इस दुविधा से उबारते हैं और श्रीमद भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आए सभी भक्तों का गीता के भगवत गीता के अनुसार दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए गीता शास्त्र पुण्यम यह पठेत प्रयतः कुमार यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है भय शोका वर्जित वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा गीता गीताध्यनशील प्राणायाम पर नीव संति ही पापानी पूर्व जन्म कृता च यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से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 पुनर्जन्मान न विद्यते जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है अतए उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृतपान करता हो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्साह सुधीर भोक्ता दुग्दम गीता अमृतम महत यह गीतोपनिषद भगवदगीता जो समस्त उपनिषदों का सार है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 आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण एको मंत्र नाम आनी आनी और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन